सिंदूर आपको समझना होगा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हल्दी है अगर इसे ठीक से बनाया गया है तो अगर आप देवी से सिंदूर लेते हैं यह हल्दी से बना हुआ है अगर आप कहीं और से खरीदते हैं तो वो एक केमिकल पाउडर है अगर आप खुद को रासायनिक जहर देना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें हल्दी के जबरदस्त फायदे हैं हल्दी को इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है हल्दी और चूने को साथ मिलाकर इसे बनाया जाता है और यह बहुत ज्यादा फायदेमंद है और उसका रंग लाल हो जाता है और इसका इस्तेमाल समाज में एक प्रतीक की तरह भी किया जाता है अगर किसी महिला ने सिंदूर लगाया है तो वह शादीशुदा है यानी आप उसके पास अपना प्रस्ताव लेकर नहीं जा सकते मूल रूप से समाज में ये ये जानने का एक तरीका था कि कौन कौन है और इसे लगाने के स्वास्थ्य से जुड़े हुए दूसरे फायदे भी हैं हल्दी इसका रंग आप अपने सिर पर पीला रंग नहीं लगाना चाहते मुसलिनी की तरह तो लाल बेहतर है और यह हमेशा देवी का रंग भी होता है सिर्फ यही नहीं हर जगह सो इट इज ऑल्सो सिंबोलिजैट तो यह एक प्रतीक भी है कि इसका एक पहलू ये है कि ये शायद हर किसी के लिए सच ना हो पर समाज में ये आकांक्षा होती है ये आकांक्षा इस संस्कृति में थी ये आकांक्षा इस संस्कृति में थी जब किसी महिला की शादी हो जाती है तो उन्हें देवी कहा जाता था मुझे सुनकर मजा आया कि कुछ एयरलाइंस में भारतीय एयरलाइंस में, में मेरे ख्याल से एयर इंडिया में वे ऐसा कहते हैं जब वे घोषणा करते हैं तो वे कहते हैं देवियों और सज्जनों क्या आपने सुना है नहीं हिंदी में जब वे घोषणा करते हैं तो वे पुरुषों को सज्जनों कहकर पुकारते हैं That means और महिलाओं को वे देवियों कहते हैं ये बहुत आम है हमारे परिवारों में मेरी दादी और दूसरी महिलाओं को उनके पति हमेशा देवी कहते थे हमेशा ये पहचानने के लिए कि उनमें ईश्वर का एक तत्व है